जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है हाय अगर आज तो कमाल किया हो भाई हाय हाय, जब भी उसकी गली में भ्रमण होता है उसके द्वार पे आत्मसमर्पण होता है